आपको ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है ज़िंदगी में सफल होने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है तो वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना